आपने कई प्रकार के जेलीफ़िश के बारे में सुने होंगे ये काफी जहरीले होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं टूरिटॉपिस न्यूट्रिकुला एक प्रकार की जेलीफ़िश है ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जेलीफ़िश है जो कभी नहीं मर सकती और वैज्ञानिकों ने इसे अमर घोषित किया